ोसा खाओ थी राहुल अमरी खंड बिस खतरा रामी के बाद तू मैं में नेरा सारी गाली जोत yeah. लगी yeah.